हजारों दिया। हजार कौन है भूतनी का जिसकी अभी हुई है तो ऊपर उसको है उसको तो कोई भी नहीं है आ! फिर से बहती कौन है अब तो नहीं बचने वाला अभी बताता हूँ कौन है ये आज अब बेटा तेरी करतूत होगी मेरे को पता है आ तू तो नीचे इनके ऊपर से उठना चला आते क्यों पहले इस कचरे को साफ से। करे घंटे ऑर्डर देते रहता बस। हट। रहते हैं चला जाता हूँ अपने आप कुछ काम करना नहीं है अब इनको ले चलता हूँ सामने कोई नहीं है तो चलो ऐसे नहीं मानेगा रुको तो अब उछलता हुआ तू तो आ गया लेकिन सामान कहाँ है सामान तो साथ ही है हाँ। रुक दो मिनट नारियल फोड़ लेते हैं कहा से फोड़े अभी करता हूँ जुगाड़ रुक दो मिनट ये देख हो गया आई ले अभी लेके आ रहा हूँ अच्छा जी मेरे साथ अभी बताता हूँ मेरा ही चला गया हा अभी तक नहीं आया थोड़ी देर बैठ जाता हूं अहे हाथ टूट गया हट